लगाओ लगाओ लगाओ लगा प बहुत फ्री होना चाहिए ना मुझे ड्राइवर अवजी बनाओ हटो हेलो रेटिंग बनाओ भी रिप्टी लगाओ ये वाले पीस लगाओ पहले पंद्रह सौ है पंद्रह सौ किलोमीटर ये देख लीजिए लिखा कर तो, तो में देखिए देखा के ना वाला। चलो देखा वर्खिंग रोड लगा वो लगा वो, लगा। वो, लगा। वो, लगा। वो लग रही है असर है। बोल कौन सी वाली ना हाँ, दे ना बोल जो इस पैकेट में है वो वाली लगाओ तक कर देना हेलो हेलो मैं लगा दे दोस्तों 10 दिन में कर दोRenderTarget कर दो हेलो दिल्ली आके हेलो रावण ने भी बिजनेस